औ तो तमो नारायणाय। आने वाले पितृपक्ष को ध्यान में देते हुए बहुत से श्रद्धालु न जानने के वजह से अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं इसी को ध्यान में देते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ मेरे साथ अपने पितरों का यथावत पूरी विधि विधान से तर्पण करें मैं जहाँ तक हो सकता है सहयोग करने का प्रयत्न कर रहा हूँ आइए अब हम लोग तर्पण प्रारंभ करें सर्वप्रथम ऐसा एक पात्र लेंगे पात्र में थोड़ा सा चंदन फूल और गंगाजल जल डाल के इसको ढकेंगे सभी तीर्थों को इसमें आवाहन करेंगे मंत्र ओम गंगा इसमें नमा। नमा। इसमें नमः नमः नमः आधार आवाहन करने के बाद थोड़ा सा एक ग्लास में थोड़ा सा जल ले लेंगे और दाहिने हाथ पे जल लेकर तीन बार आचमनी करेंगे ओम के सवाल नमः ऐसे ही तीन बार करेंगे ओम नारायण नमः ओम माधवाय नमः उन हाथ को धोएंगे उसे की एक पैंती बना लेंगे या फिर सोने की अंगूठी हो उससे भी आप धारण कर सकते पवित्र तस्यते पदे पवित्र पूरे कक्ष के म थोड़ा सा जल स्ने रखेंगे बाएं हाथ पे थोड़ा सा जल ऊपर शरीर पे छिड़का लगाएंगे ओम ओम पवित्र पवित्र सर्वापस्थांगंडरिक्षम सभारिका क्ष दाहिने हाथ पे जल रखेंगे ओम पृथ्वी मे रोकृष्ठऋषे शूतल छंद कुलो देवताय आसने की नीचे छोड़ के पृथ्वी को प्रणाम करेंगे पृथ्वी तैया तामृष्ण तम चुधारे माम देवी पवित्रम गुरुचारुनः शिखा शिखा को बांध लेंगे चित्रोपिड़ी महामारे दे, दिव्य तेजस मन विदे तिष्ठदेव शिखा मध्य तेजो में धिन्द पुरुष में पुनः हाथ में अक्षत लेके अपने जो लोग गुरु मंत्र ले चुके हो वो अपने गुरु के द्वारा दिया गया जो भी मंत्र हो उसका स्मरण करें जाप करें गुरु जी को प्रणाम करें मन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश गुरु परम साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव श्री गुरु नरनेरात् गुवे नम नमः लक्ष्मी नारायण का करें, तुमको भी ध्यान करें को भी प्रणाम करेंदुोर्वेजगर में स्वाहा लक्ष्मीनारायणा नम परम गुरवी नम अब पितृ तर्पण जो है उसको प्रारंभ किया जाए उसके पहले संकल्प करना होता है जो भी हम कर्म करते हैं बिना संकल्प का कोई कर्म नहीं करते हैं अतः पहले हाथ पे जल रखेंगे थोड़ा सा अक्षत रखेंगे इस कर्म को करने के लिए एक पात्र में अक्षत चाहिए थोड़ा सा एक पात्र में जौ चाहिए और थोड़ा सा एक पात्र में तिल चाहिए तो हाथ में अक्षत लेके और जल लेके संकल्प करेंगे हरिओम मेरे साथ आप भी उच्चारण करें हरिओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम से विष्णु राजा प्रवर्त मानस्य अद्य शब्द में अब यहीं पे रूप लेंगे अपने को अद्य शब्द में सब कुछ निहित तो होता है अब हमको तिथि वार नक्षत्र इत्यादि को बोलने की जरूरत नहीं केवल अद्य शब्द अद्य शब्द के बाद मम नाम अपना नाम रखेंगे जैसे मेरा नाम विनय कुमार तिवारी श्रीमुख सांडिल्य पुत्र उत्पन्नोहम त्रिप्ररोहम शर्मा हम इसके बाद स्तृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त देवऋषि देव ऋषि देव पितृतर्पण यथाज्ञान अहं करिष्ये जल को हाथ से छोड़े पुनः हाँ, हाथ जोड़ के देवताओं को और ऋषियों को प्रणाम करेंगे उनका आवाहन करेंगे ब्रह्मादयरा सर्वे ऋषि शन का आगु महाभागा ब्रह्मांडोदे न देवगणेभ्यो नम ऋषिगणेभ्यो नम इसके बाद जल देना हम प्रारंभ करेंगे एक उसे की ऐसे इस तरीके से बना लेंगे मोडक इसको मोडक करते हैं और पूर्व दिशा में हम जल देंगे तो जलेंगे मेरे साथ होते रहिए एक ही एक ही बार एक बार नाम नामोच्चारण करने के बाद एक बार ही जल देंगे पूरा दिशा तो ब्रह्मा तृप्यताम विष्णुस्तृप्यता रुद्रस्तृप्यता प्रजापतिप्यताम देवास्तृप्यंताम छदानसी तृप्यंताम दावास्तृप्यता ऋषिस्तीयचारृप्यता गंधर्वास्तृप्यता पतराचार्याप्यतायृप्यता अपसरस्तृप्यता देवगागरास्तृपयंता पर्वता सरितृप्यता मनुष्याचास्तीृप्यता सुपर्णस्तृप्यता भूतानी तृप्यता पशवस्तृप्यता वनस्पत्यताप्यता भूतग्रामचतुर्विद्यता हमने देवगणों को जल देने के बाद अब उत्तर दिशा में अपने को घूम जाना है ये जो यज्ञो पवित्र धारण किया जाता है इसको गले में माला के तरीके से पहन लेंगे इस कुत्ते को कानी उंगली की तरफ ऐसे मारेंगे अब जल कानी उंगली की तरफ से गिराया जाएगा एक बार नाम उच्चारण करने के बाद दो बार जब घेरा इसमें जोर रखेंगे हाथ पे अब जोर रखेंगे और दो दो बार जब देंगे मेरे साथ बोलते रहेंगे ब्रह्मा तृप्यताम त्रिप्यताम नहीं अब जलदेंगे ऋषिगुण जल दिन है अंगिरास पुलह अत्रिस्तृप्यताप्यता हंगिराृप्यता तृप्यतालृप्यता तृप्यताल तृप्यता वशिष्ठस क्रतुस्तृप्यता तृप्यता वसीष्ठस्तृप्यता तृप्यता प्रचेता त्रि� ृप्यम सनातनृप्यता तृप्यताम पंचशिखस त्रिप्यताम त्रिप्यताम अब जो है जिसको देव ऋषियों को जम देने के बाद इस पूा को नीचे रख देंगे ऋषियों को प्रणाम कर लेंगे उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपने को घूम जाएंगे जो यज्ञोपहित आपकंठ में माला के तरीके से पहने हैं इसको उल्टी दिशा में पहन लेंगे और इस कुसा को इसे जड़ भाग को और अग्र भाग को आपस में मिला देंगे और इस तरीके से इसके तिल रखेंगे और अंगूठे के तरफ से एक बार नामोच्चारण करने के बाद तीन बार जल देना होगा इस तरीके से आप भी लेते जाइए कव्यवाडनृप्यता सतिलम जलम तस्म स्वधा तस्म स्वधा तस्म स्वधा, स्वधा इसी तरीके से सोम सोमस्तृप्यता सतिलम जलम तस्मी स्वधा तस्म शस्मी स्वधाम स्वधा। यम स्तृप्यता सतिलम जलम तस्म सदा तस्म तस्मै सधा पुनः अर्यमा त्रिप्यतां इदम सतिल जलं तस्म सधा तस्म सधा तस्म सधा अग्निश्वाता पितरृप्यता इदम शतिल जल तेज्ये तेभ्य स्वधे ते इदं सतिलं जलं सोमप सोम्पस्तृप्यंता सतिल जल तेज्य बिहे खद पितरस्तृप्यंता सतिल जल तेज्य तेज्यप तृप यमाय नम यमाय नम यमाय नम केवल नमः का उच्चारण करेंगे धर्मराजाय धर्मराजाय धर्मराजाय नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, अंतकाय अंतकाय अंतकाय वैश्व कालाय कालाय कालाय नम सर्वूतक्षा नम सर्वूतक्षा नम नमः नमजुब्बलाय नमः ओदुम्बलाय नमः ओदुंबलाय नमः तीन बार देते जाएंगे दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः परिने नमः परिने नमः परिने नमः निगोदराय नमः दिखोदराय नम दिखोदराय नम चित्रा नम चायतायता उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे अपने पितरों का ध्यान करेंगे मही सं आयन्तु ध्यान करके उनको बुलाएंगे उनको जल जो हाथ जोड़के आयन्तु न पितर सौम्यासो निष्पाता पृथ्वीदेवय अस्पया मदन तो पितरा इम गांतु जला जल हे, हे पितर लोग आप आइए और मेरे द्वारा जल जलिए जाने पे आप उसको ग्रहण करें सर्वप्रथम इस पुस्त को ऐसे पुनः हंगठित रखे चील रखे और अपने पिता आपका जो पुत्र हो गुत्र रखेंगे, अमुक गुत्र अपना गुत्र रखेंगे अपना प्रवर रखेंगे गुत्र प्रवर अश्वद पिता पिताजी का नाम रखेंगे वसुरूपस्तृप्यता तस्मी स्वधा तस्मी स्वधा तस्मी स्वधा पिता के बाद बाबा का नाम उनका गुत्र प्रवर गुत्र जो गुत्र हो प्रवर प्रवर हो नाम अस्मद अमुक शर्मा उनका नाम रखेंगे रु, रुद्र रुद्रूप्यता इदम तिरूदकम तस्मय सदा तस्मय सदा तस्मय अब बाबा का गुत्र और प्रवर गुत्र अस्मद प्रपितामह उनका नाम रखेंगे अमुक शर्मा आदित्य रूप तृप्यता इदम तिलोदकम तस् तस्मी सधा तस्मे सधा तस्मी सधा अब जो है माता का तो स्त्री वर्ग के लिए उच्चारण बदल जाएगा ऐसे होगा कि अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा अश्मन माता अमकी देवी अमकी के जब पर आप उनका नाम रखेंगे अमकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम तिरोदकम तस्वरा तस्वरा तस्वधा अच्छा उसके बाद दादी का अमुक बुत्रा जो पुत्र हो जो प्रवर हो बुत्रा प्रवरा अस्मदितामही अमुकी देवी उनका नाम रखेंगे देवी रुद्र रूपा तृप्यता इदम तिर तस् तस्व स्वधा स्वधा स्वधा इसके बाद परदादी, उनका उनका नाम बुत्र प्रवर, प्रवरा। उनका प्रवरा अश्मत माता अस्मत शापत्न माता अमुकी देवी तृप्यता इदम तिरोद तस् तस् तस् उसके बाद हाथ जोड़ जो प्रणामकिंग ओं उदीरतापरास उन्मध्यमा पित सौम्यास असुंजयूर विकारितो हमं पितरो हरी कोशो न पीतर न भगवा अथर्बाणो भृगव सौम्यास तेघा भयघु सुमत जगेना भद्रेशो नशे साम आयु न पितर सौम्यासो निष्पाता पृथ्वीर्देव अस्म यगे स्वधया मदन तो धीबुवंत दें वोस्मा ऊर्जीमृतम पयलाश्रुत स्वधास्तर्प मे पितभ्य हम स्वधाभ्य हम स्वधा नम पितामहेभ्य नम प्रमहे सधाभ्य सधा नम असन्न पित मद्वंध पितर पिता सुंदध्व जे चेह पितर खसो जुखस्व मधुपाता पिता उस्तु नीता मधुमति मधुमान मधुर्गा बार बोलेंगे ओम मधु मधु मधु तृप्यध्व तृप्य ध्व फिर हाथ जोड़ के पिदु को प्रणाम करेंगे औ नमो वह पित रहाय नमो वह पिता शोषा नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पिता नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मण्य नमो वह पितर पितरो नमो वो गृहणा नतसथ पितरो पितरो पास अब्जु नानका नाना का जो भी पुत्र होगा प्रवर होगा एक चार्ट बना लेंगे उस चार्ट के हिसाब से ही हम जल देंगे अब नाना का नाम उनका गोत्र जो गोत्र हो अमुक प्रवर अश्मन मातामह उनका नाम अमुक वसुरूप तृप्यताम तीन तिलोदगम तस्मय स्वधा तस्मय स्वधा तस्मय स्वधा तीन बार जल देंगे तिल के साथ में उनका प्रवर, प्रवर अमुक जो हो, हा, अमुक हा, नाना का नाम रख लेंगे, रुद्र रूप तृप्यता इदम तिरोद स्वदान तीन बार जल देंगे तस्मय स्वदान तस्मय स्वदान तस्मय स्वदान वृद्ध स्वदा, परनाना का उनका रखेंगे अमुक पुत्र प्रवर अस्मद प्रमाताम अमुक, प्रमाता अमुक उनका नाम रखेंगे आदित्य रूप तृत्यता तस्मी स्वधाम तस्मय स्वधाम इसके बाद नानी नानी का इसमें थोड़ा सा शब्द उच्चारण तो बदल जाएगा गोत्रा, देवी, उनका नाम रखेंगे वसुरूपा दृप्यता स्वदा, तिलुदकम स्वदा, तस्वान स्वदा, तीन बार जल देंगे परनानी अमुक गोत्रा जो गोत्र प्रवर हो वो रखेंगे अस्मद प्रमाता महि उनका नाम रखेंगे अमुकी देवी रुद्र रूपा त्रिप्यता इदम स्वधा तस्वधा स्वधा वृद्ध प्रणा अमुक गोत्रा जो गोत्र प्रवर हो वो रखेंगे अस्मद वृद्ध प्रमाता महि अमुकी देवी उनका नाम रखेंगे आदित्य रूपा तृप्यता इदम तिलोदक तस्वदान तई स्वदान तदान स्वदा, स्वदा। तीन बार जल छोड़ देंगे पुनः भाई अगर भाई गुजरे हो उनका उनका गोत्र उनका प्रवर अमुक गोत्र अमुक प्रवर अस्मद पत्नी गुजरी सॉरी जो पत्नी हो अगर जो गुजर गई हो उनके लिए अमुक गोत्रा जो गोत्र आपका हो वो गोत्र रखेंगे अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा अस्मद पत्नी पत्नी का नाम अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यदान इधम तिलोदक इधम सतिलम जलम तस्वान तस्वान तस्वान बेटा अगर गुजरा हो उसके लिए जो पुत्र हो अमुक पुत्र अमुक प्रवर अस्मत सुतः बेटा का नाम अमुक शर्मा केवल ब्राह्मण लोग के लिए शर्मा का उच्चारण होगा वसुरूप तृप्तताम इदम सतिलम जलम तस्मय सुधा तस्मय सुधा तस्मय सुधा तीन बार जग देंगे अगर आपकी बेटी गुजरी हो उसके लिए जिनका जो न हो वो उसको छोड़ देंगे बेटी के लिए अमुक गोत्रा जो गोत्र हो अमत कन्या नाम रखेंगे अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यता इदम सतिलम जलम तस्वीर स्वधा तस्व पिता का कोई भाई हो उसके लिए करेंगे अगर जो हो तो ठीक तो आप छोड़ सकते हैं उनका गुत्र प्रवर अगर मालूम हो तो रखेंगे अमुक गोत्र अमुक प्रवर अस्मद्य अमुक शर्मा उनका नाम रखेंगे वसुरूपा तृत्यताम इदम सतिलं जलम तस्मय स्वदान तस्मी स्वदान तस्मी स्वदान पुनः स्वदा। मामा मामा के लिए उनका पुत्र हो प्रवर हो जो भी हो उसको एक उच्चारण करेंगे अन्यथा अमुक से भी आप काम चला सकते हैं तो अमुक गुत्र अमुक प्रवर अर्श्म अमुक शर्मा मा मामा जी का नाम रखेंगे वसुरूप तृप्यताम इदम शम जलं तस्मय स्वधाम तस्मय सुधाम तस्मय स्वधाम स्वधा। तीन बार जल देंगे अपना कोई भाई हो जो गुजरा हो उसके लिए अमुक अमुक प्रवर गोत्र प्रवर रखेंगे असमद भ्राता भाई का नाम अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यता इदम शम जलम तस्मय स्वधाम तस्मय सुधाम तस्मयी स्वान इसके बाद सौ तेला भाई हो उसके लिए भी अमुक पुत्र प्रवर नाम रख लेंगे जलम तस्मय सुधा तस्मय सुधा तस्मय सुधा, सुधा। दाहिने हाथ में दक्षिण दिशा की ओर ही इस तरीके से आप जल देंगे सतिल तिल साथ में होना चाहिए फिर बहु अगर गुजरी हो उसके लिए अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा जो भी गोत्र प्रवर हो उसको रख लेंगे अस्मद पितृनी भा, पितृभ बहु बुआ बुआ बुआ के लिए है अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा अस्मद पितृ भगिनी बुआ जी का नाम रखेंगे वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस् सुधा तस् सुधा तस् सुधा, सुधा मौसी मौसी जी का जिनकी मौसी गुजरी हो उनके लिए अमुक गोत्रा अमुक परवरा अस्मन मातृ भगरी अमुकी देवी उनका नाम रखेंगे वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम सुरा, जल देंगे। अपनी कोई हो, उसके लिए अमुक अपना अपने उनका नाम अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इधम शिलम जलम तस् स्वरा तस्वरा तस् स्वरा तीन बार जल देंगे सोतेली बहन कोई हो जो गुजरी हो उनके लिए अमुक गोत्रा उनका गोत्र प्रवर, अमुक गोत्रा अमुक परवरा अस्मद सापत्न भगनी अंकी देवी उनका नाम रखेंगे वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्से ही स्वधा तीन बार जल देंगे तस से ही स्वधा इसके बाद अपने ससुर का अपने ससुर को जल देंगे इसके लिए उनका गोत्र प्रवर अगर मालूम हो थी नहीं तो अमुक से ही चला सकते हैं अमुक गोत्र अमुक प्रवर अस्मद ससुर उनका नाम रखेंगे अमुक शर्मा दस्वेग सुधा, दस्वेग सुधा, दस्वेग सुधा। फिर अपने गुरुजी, आपके ना हो तो उनके लिए बसुरूप तृप्यता ठीक नहीं तो अमुक से भी काम चला सकते हैं अमुक अमुक परवर असमद गुरु अमुक शर्मा नाम हो तो ठीक नहीं तो अमुक से भी आप कर सकते हैं अमुक शर्मा बसुरूप हो, हो आपकी गुरु माता उनके लिए जल देने के लिए उनका गोत्र प्रवर अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा या फिर अमुक से भी आप कह सकते हैं अशमद आचार्य पत्नी अमुकी देवी त्रिप्यतां सतिलं सुधा फिर आपका कोई शिष्य हो जिसको आपने पढ़ाया हो या फिर जैसा भी उसके लिए अमुक गोत्रा अमुक प्रवरा अश्म शिष्य वसुरूप तृप्यताम इधम सतिलम जलम सुधा तस् सुधा तस् सुधा आपका कोई मित्र हो उसके लिए भी जल देने का प्रावधान है उनका पुत्र प्रवर मालुम हो थी। नहीं तो कोई बात नहीं अमुक पुत्र अमुक प्रवर असमद सखा अमुक शर्मा वसुरूप त्रिप्रदम शलम तस्मय सुधा तस्मय सुधा तस्मय सुधा तीन बार आप जल दे सक देंगे इस तरीके से आप जब जल दे देंगे उसके बाद लगातार ऐसे जल को जो आपके जाने अनजाने जो भी छूट गए हों उनके लिए आप जल देंगे देवासुरा यक, यक्षा नागा गंधर्वरा क्षसा पिशाचा सिद्धा कुमान वगा जलेचराूनल वायव्याधाराश्च तृप्त में प्रियांतासु खिला नरके समस्तु तो याचना यातना चेषिताप्य दीयते शिलंब ये बांधवा बांधवाश्च ये जन्म बांधवा ते तृप्तिमखिवांचित ये पिंडा मे कुल्त पिंड पुत्री आभव करने के बाद जो आप अंग्र रखे हों उसमें थोड़ा सा तील रखेंगे जिसको चार बार ऐसे मोड़ेंगे थोड़ा सा इसके जल डालेंगे और इसको निचोड़ेंगे कैसे मंत्र होगा ये के जासमत पुले जाता अपुत्रा गोत्रो मिता देवृंक मयादत्तम वस्त्र निष्कनोदम इसको करते हुए काट देंगे उसके बाद विष्णु पितामह को जल देंगे विष्णु पितामह को जल देने के लिए जल देने के बाद सूर्य को अर्घ देंगे दूसरे पात्र में साइड में सूर्य अनुकम भक्त हाथ जोड़ेंगे ओम नमोस्वते क्रमश दसो दिशाओं को प्रणाम करना है प्राच्यम इंद्रा नम अय नम अग्नयाय नमः अग्नय नमः अग्नि दिशा में दक्षिणा नम जमा नम नृदुमे नमः नृदय नम पश्चिम में प्रतिच्यय नम में नम्यपुनिमे नमः नम नमः उत्तर दिशा में उदीच्यय नम कुबेराय नम ईशानकूर्णे ईशाना ईशान्यय नमः ईशाना नम ऊपर में आकाश की तरफ ऊर्द्वाय नमः ब्रह्मे नमः नीचे पृथ्वी की तरफ अधरा, अधराय नमः अनताय नमः हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करेंगे जल देंगे जल फिर हाथ में लेंगे और पूर्व दिशा की तरफ जल देंगे ओम ब्रह्मणे नमः अग्नय नमः नमः नमः नमः पृथिव्य नीभ्यो नम वाचे वाचस्पत नम महद्यो नम नमः नम नमः अब जो है तर्पण को करने के बाद दाहिने हाथ पे जल रखेंगे बोलेंगे अन यतिन देव ऋषि मनुष पितृ तर्पणा थे न भगवान भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नम तत्सद्रमा परमस्तू भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे जो भी कर्म हमने किया वो तो भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे कर्म में चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें भगवान के नाम को उच्चारण करने से जो भी हमारे में कमियां होती हैं वो स्वतः पूर्ण हो जाती है प्रवादा कृपता सृति जमृत्या च नो मुक्त क्रिया विषय न्यून संपूर्णताजस्मरण न्यूनम कर्म भवे पूर्ण संबंदी सांश्वरम ओम विष्णवि नम ओम विष्णवि नम ओम विष्णवि नम पितृकर्म यहाँ पे संपूर्ण हुआ हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग लाभान्वित हो आप करें हमको करना चाहिए हमारा कर्म है हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो भी इस कर्म को करें ये साल पूरे वर्ष पर्यंत का ये नियम है पूरे वर्ष पर्यंत न कर पाए केवल जब तक पित्र पक्ष है तब तक, तक हमको नित्य क्रिया करनी चाहिए ये मैंने सविस्तार विधि बताई इसमें आप अपने हिसाब से संक्षिप्त भी कर सकते हैं ओम नमो नारायण